नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है दिनांक 13 नवंबर के दैनिक राशि फल में बुधवार का दिन से लेकर के मीन राशि के के जातकों लिए क्या कुछ नया लेकर के आया है दिव्यतम से दिव्यतम उपाय आज के दिन को प्रभावी बनाने के लिए क्या है इस सभी विषयों पर आज हम प्रकाश डालेंगे आगे बढ़े दर्शकों उससे पहले आज के पंचांग पर हम दृष्टि डाले लेकिन आप सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि की दिनांक इक्कीस और बाईस तारीख को दिल्ली आगमन हो रहा है तो जो भी दर्शक दिल्ली से है इसके आसपास के क्षेत्र से है आप लोग मिलकर के अपनी कुंडली का हमसे विश्लेषण करवा सकते हैं आगे वाले दर्शकों तमाम लोगों के प्रश्न होते हैं पंडित जी है। राशिफल किस पर आधारित है तो चन्द्र राशि पर आधारित है देशी ग्रामीण ग्रह युद्ध सेवा या व्यवहार के नाम राशि प्रधानतम, जन्म राशि ने चिंतित विवाहित सर्व मांगल्य यात्रा या ग्रहचर जन्म राशि प्रधानमंत्री नाम राशि चिंतित तो हमारा शास्त्र भी यही कहता है कि जन्म राशि की प्रधानता देनी चाहिए नाम राशि की चिंता भी नहीं करनी चाहिए आज का पंचांग क्या कहता है पंचांग पर दृष्टि डाल देते हैं तो देखिए मार्ग शीर्ष मास कृष्ण पक्ष और प्रतिपता दिथि प्रतिभा को हमने बताया था का सेवन नहीं करना चाहिए पेठा जानते होंगे आप लोग तो पेठे का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए शास्त्रों में इसकी मनाई है दिन रहेगा दर्शकों बुधवार सूर्योदय होगा प्रातः 6 बजकर 28 मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को 5 बजकर 13 मिनट पर नक्षत्र कृतिका इसके उपरांत कृतिका सूर्य का नक्षत्र फिर रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र आ आ, पक्ष की सात बजकर बयालीस की रहेगी तदुपरांत द्वितीय तिथि लग जाएगी करण रहेगा बालोक फिर कवलोक अंतिम करण रहेगा तैत करण योग रहेगा वन इसके उपरांत परिधि योग रहेगा और दर्शकों एक चीज बताना चाहेंगे चंद्रदेव जो चलायमान रहेगी अपनी उच्च राशि राशि में चला रहेंगे और सूर्य जो नीच के हैं तुला राशि में कर से को ये करना होगा तो कोशिश कीजिएगा की आज सर्वासिद्ध योग है तो पूरे दिन रहेगा और अमृत काल शाम को लगेगा सात बजकर इकतीस मिनट से लेकर नौ बजकर ग्यारह मिनट तक की इसमें भी आप शुभ कार्यों को कर सकते हैं सर्वासिद्ध योग है लेकिन राहुकाल में आपको कार्य नहीं करना बुधवार को उत्तर दिशा की ओर दिशा होता है तो कोशिश आपको यह करना है कि धनिया का सेवन करके या तिल का सेवन करके या इलायची का सेवन करके या पिस्ते का सेवन करके आप लोग यात्राओं पर निकलिए और पहले दक्षिण दिशा की ओर चार पाग आप चलिए फिर उत्तर दिशा की ओर आपको यात्रा करनी रहेगी बताना चाहेंगे इस प्रोग्राम में शामिल हो सबसे पहले तो आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बगल में बना बेलाइकन दबाना होगा और इस वीडियो को शेयर करना होगा और साथ ही साथ इतना करने के बाद आपको कमेंट में अपना नाम अपनी डेट ऑफ बर्थ अपनी टाइम बर्थ प्लेस और आपका प्रश्न क्या है तो इन्हीं के आधार पर आज हम राशिफल जो है मतलब जो है आपको आपकी जो मार्ग में बाधाएं आ रही होंगी इसका सोल्यूशन देंगे राशिफल पर आगे बढ़ते हैं राशिफल की पहली राशि आती है एरीज मेष राशि के जातकों आज आपको कोई बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट भेंट उपहार मिल सकता है आज जो भी यात्रा है, के जातक करेंगे लाभदायक रहेगी आज किसी नए रोजगार का सृजन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कोई नई नौकरी आज, आज, आज कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर आप काम करेंगे जिससे आज समय की अनुकूलता का लाभ मे राशि के जातक ले कारोबारी जो है कारोबार में आपका लाभ बढ़ेगा नौकरी में उच्चाधिकारी की प्रसन्नता प्राप्त होगी साथ ही साथ कोई इंक्रीमेंट सैलरी इंक्रीमेंट वगैरह आपको मिल सकता है घर में भाई बहनों का प्राप्त होगा। आज दर्शकों जो हमारे दो भाग्यशाली विजेता है इनके नाम की घोषणा बस अभी थोड़ी देर में कर रहे हैं आप लोग इस राशिफल को देखते रहिए और प्लीज इसको लाइक जरूर करिए इसके साथ साथ जो है आज वृषभ राशि के जातकों का जो है पैसा फालतू खर्च होगा स्वास्थ्य का पाया कुछ कमजोर रहेगा और धन की तंगी होगी बेकार के बातों पर आज बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा तो ठीक रहेगा आज आपको उच्चाधिकारी की तरफ से कोई जो है आपको एक्स्ट्रा जिम्मेदारी और एक्स्ट्रा कोई जोखिम नौकरी को जो में अपने मनपसंद जगह पर स्थानांतर या परिवर्तन संभव है आज शाम को कुछ चिंता तथा तनाव में रहेंगे व्यापार व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो ओम सोम सोमाय मंत्र आपको जाप करना रहेगा दूसरा आज कोशिश कीजिए विष्णु साहित नाम का आप लोग पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा वाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो मिथुन राशि तो मिथुन राशि के जातकों आज डूबी हुई रकम प्राप्त होने के योग हैं आज यात्राएं लाभदायक रहेगी आय में वृद्धि होगी व्यापार व्यवसाय आज आपके मन अनुकूल रहेगा आज के दिन किए गए निवेश आपके शुभ रहेंगे आज नौकरी में आपको जो मजा आएगा जो प्रसन्नता मिलेगी जो अमन उच्चन मिलेगा वो फिर घर पे भी नहीं मिलेगा आज के दिन आप कोई बहुत बड़ा निवेश कर सकते हैं आज लेन-देन में जल्दबाजी मत करिएगा पैसों से संबंधित कोई मामलों का आपको जाप करना रहेगा और आज लाल मसूर की दाल आपको धर्म स्थान पर देनी रहेगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छेद कर्क राशि पर आगे बढ़े लेकिन जो हमारे पहले भाग्यशाली विजेता है।, है भिलाई तेईस मार्च नाइनटीन सिक्सटी नाइन सुबह सात बजकर तीस मिनट पर इनका जन्म है और इनका जो जन्म स्थान है ये भिलाई छत्तीसगढ़ का है और इनका प्रश्न है इनका क्वेश्चन है की पंडित जी मैं बिजनेस कौन सा करूँ की हमें सूट करें तो देखिए डॉक्टर साहब आपकी जो हमने कुंडली देखी है ये की कुंडली है और जो आपकी राशि है ये वृषभ राशि है बहुत अच्छी बात है यहाँ पर धन के घर में चंद्रमा उच्च के हो गए तो पैसों से रिलेटेड कभी आपको मुखी नहीं खानी पड़ेगी लेकिन यहाँ पर एक माइनस पॉइंट ये है कि जो आपके कर्म के घर के अधिपति बनते और इनकम के घर के अधिपति बनते हैं ये नीचे हो गए तो ये नीच के हो गए हैं तो कार्य तो में आपके बहुत परेशानी रहेगी आपके विरोधी आपके ऊपर सक्रिय रहेंगे दूसरा पैसा यदि आपने किसी को उधार दे दिया तो आपको मिलना नहीं कोई यदि यदि आपने पार्टनरशिप में में कर लिया तो फिर की लंका लगे। तो तो फिर लंका आपको आपको आपको करना करना करना क्या रहेगा रहेगा और बिजनेस बिजनेस की सेक्टर तो देखिए दे है, है फार्मा लाइन से रिलेटेड मेडिकल कर सकते हैं दूसरा मैनेजमेंट से संबंधित भी आप कोई कार्य कर सकते हैं और सुगंधित वस्तुओं का भी आप कोई व्यापार कर सकते हैं सफेद चीजों से संबंधित भी किसी चीज का व्यापार आप कर सकते हैं इतनी चीजें काफी हैं इंडिकेशन करने के लिए यदि आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो तो आप करवा सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिये शनिदेव के बीच मंत्रों का आप जाप करिए शनिवार वाले दिन काले तेल का काले कपड़े का आपको जो है दान करना रहेगा पार्लर जी बिस्कुट ले लीजिएगा किसी ब्रांड का बिस्किट ले लीजिएगा सैटरडे के दिन जब आप आते हैं तो कुत्तों को जरूर ये जो है बिस्किट आप खिलाइए पालतू कुत्तों नहीं तो ये आप प्रयोग करिए ये प्रयोग आपके लिए काफी अच्छा रहेगा बढ़ते हमारी जो अगली राशि आती मन माफिक स्थानांतरण या पदोन्नति आज हो सकती है कार्यस्थल पर सुधार होगा सामाजिक कार्य करने की इच्छा रहेगी आज मान सम्मान में वृद्धि होगी घर परिवार में आज आपका जो है काफी वैल्यू होगी लाभ के तमाम जो है अवसर आपके हाथ में आएंगे आज कहीं दूर से आपको कोई गुड न्यूज अच्छी खबर मिल सकती है उपाय के तौर पर आपको करना क्या रहेगा तो ओम रांग मंत्र का आपको जाप करना रहेगा दूसरा दर्शकों कोशिश कीजिएगा जल का अधिक से अधिक सेवन करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा सात सिंह राशि की ओर पढ़ते हैं आज का राशिफल सिंह राशि के जातकों के लिए क्या कुछ नया लेकर के आया है तो सिंह राशि कोई रुका हुआ बन बनेगी आज आपकी रुचि जागृत होगी सत्संग का लाभ प्राप्त होगा जो भी व्यापार करते हैं जो भी कारोबार करते हैं आपके लिए लाभकारी रहेगा आज नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा प्रतिद्वंदी आपके शांत रहेंगे अपनी कोई कीमती वस्तु संभाल कर रखेगा अभ्यथक खोने का भय है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज कोशिश कीजिएगा तो तो को या पान भी खिला सकते हैं इलायची डाल के शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्लैक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तीन हमारी जो अगली राशि आती है भजत की ये आती है कन्या राशि पर तो क्या कहता है आज का राशि फल तो आज चोट व दुर्घटना से शारीरिक खाने की संभावना है दुष्टजनों से दूरी बनाए रखना कन्या राशि के जातकों के लिए श्रेष्ठ रहेगा बिना वजह कहासुनी हो सकती है आज चिंता तथा तनाव में रहेंगे जोखिम हुआ जमानत के कार्य टाले तो बेहतर रहेगा यात्रा टाल व्यापार व्यवसाय आज आपका लाभदायक रहेगा पेशेंस बनाए रहिएगा धैर्य बनाए रहिएगा शाम तक की आपको अच्छा खासा धनला होगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा ओम श्राम श्रीम सौ सन्द्र से नमा ये मंत्र है इस मंत्र की एक माला का आप लोग जाप करिए और आज के दिन गणेश जी के दर्शन गणपति भगवान के दर्शन जरूर करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा हरा और आप भी भाग्यशाली विजेता हो सकते हैं अपना ना, ना नाम अपने डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस और आप अपने लाइक करने के बाद छोड़ दीजिए तो यकीन मानिए नेक्स्ट डे के उसमें चांसेस है की आप हमारे भाग्यशाली विजेता बने तुला राशि के जातक को दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा व्यापार व्यवसाय लाभदायक रहेगा शेयर मार्केट से आज आपको आशातीत लाभ होगा नौकरी में सहकर्मियों का साथ मिलेगा राजकीय बाधा दूर होगी तनाव व चिंता में कुछ कमी होगी आज स्वास्थ्य आपका कुछ कमजोर रह सकता है समय अनुकूल है आपके आज मन बड़ा प्रसन्न रहेगा घर परिवार में किसी मांगलिक उत्सव का कार्य हो सकता है उपाय के तौर शुभ अंक आपके लिए रहेगा तो रहे सात हमारी जो अगली राशि है कल्याणकारी राशि भी इसको बोल सकते हैं वृश्चिक राशि है वृश्चिक राशि के जात को ऐश्वर्य के साधनों पर आज कोई बहुत बड़ा आपका पैसा माउंट हो सकता है, भूमि व व भवन आदि के होंगे। यदि आप परीक्षा साक्षात्कार में आज आप जा रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी आज आपके उन्नति के मार्ग में होंगे नौकरी परिवर्तन का योग है आपके खिलाफ जो भी आपके शत्रु प्लानिंग कर रहे थे आपको नीचा दिखाने की वो आज खुद स्पष्ट हो जाएंगे जोखिम और जमानत के कार्य आज के दिन का सभी कार्य आज आपके पूर्ण मनोरथ आपके सिद्ध होंगे उपाय के तौर पर अब हमारे जो दूसरे भाग्यशाली विजेता है इनका जो नाम है देखिए ये जो है भिदवाड़ा राजस्थान से है और कुनाल सोलंकी जी का नाम है इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है दो तीन सन दो इनके, इनका जो टाइम है दोपहर एक बजकर है और राजस्थान का इनका जन्म है है इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि पंडित जी जी जॉब के लिए क्या करें तो कुनाल जी, आपकी जो कुंडली है ये मिथुन लग्न की कुंडली है आपकी जो राशि है ये मकर राशि है आपने नौकरी के बारे में पूछा है जॉब तो देखिये जो आपके जॉब के घर के कारक ग्रह बनते हैं ये बनते हैं जूपिटर और जुबीटर का और मंगल का स्थान परिवर्तन नामक राजयोग हो गया है तो प्रयास आप ये करिएगा भविष्य में कि कोई भी यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड आप कोई डिग्री ले सकते हैं आप एमबीए से रिलेटेड मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं एक बहुत अच्छे आप शिक्षक हो सकते हैं टीचर हो सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकते हैं दूसरा आपको बताना चाहेंगे कि आप बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं बहुत अच्छे टीवी के एंकर भी हो सकते हैं तो ये सब फील आपके बनी हुई है और बहुत ही अच्छी कुंडली हम तो कहते हैं कि एक अर्घ दीजिए और जेब स्टोन के लिए बता सकते क्योंकि कुंडली के और भी पहलू देखने ये दो उपाय करते हैं शीघ्र ही आपको जॉब मिलेगी तो ये आप प्रयोग करिए और ये हमारे जो दो भाग्यशाली विजेता है फटाफट आप लोग देखिए इस वीडियो को लाइक तो जरूर करिए रहेगा शैक्षणिक व्यक्ति का, का मार्गदर्शन प्राप्त होगा उत्साह व प्रसन्नता में वृद्धि होगी नौकरी में कोई नया कार्य कर पाएंगे आज उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे व्यापार में आज आपके जो आपने सोचा होगा इससे बहुत ज्यादा आपको लाभ होगा उपाय के तौर पर हमने आपको ये बता दिया आपका जो शुभ कलर है ये रहेगा आज लाल रंग और शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक कैप्टिकॉन मकर राशि आज का दिन क्या कुछ हाथ लेकर के आया है तो मकर राशि के जात को प्रियजनों के साथ बेवजह रिश्तों में खटास आ सकती है लोगों की अपेक्षाएं आज हमसे बहुत ज्यादा बढ़ बढ़ेगी आज धन बहुत अधिक होगा। की मात्रा कम और जो है मतलब संवेदनशीलता बढ़ेगी लेन देन में जल्दबाजी अपर अंधविश्वास बिल्कुल भी मत करिएगा उनके बातों पर जो तो है आप पूर्ण रूप से विश्वास मत करिए उपाय क्या रहेगा तो नारायण कवच का आज आप लोग पाठ करिए और आपके लिए जो तो शुभ कलर रहेगा ये रहेगा ब्राउन शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार कुंभ कुंभ राशि राशि तो के जातकों देखिए आज नौकरी में आपका तो बढ़ेगा मेहनत का पूर्ण फल आज आपको प्राप्त होगा आज आपके जो अपेक्षित आप कार्य हैं ये समय पर पूरे होंगे मित्रों का सहयोग आज आप कर पाएंगे घर बाहर आज आपकी परख रहेगी सुख के साधन जुटेंगे कारोबारी जो है लाभ बढ़ेगा शेयर मार्केट व म्यूचुअल फंड आज आपको अच्छा लाभ देंगे पूर्व में किए गए निवेश भी आज लाभकारी रहेंगे किसी एग्जाम में यदि आप पेपर देने जा रहे हैं तो उसमें सफल होने के बहुत चांसेस हैं कोई नई नौकरी आज आपको मिल सकती है उपाय उपाय बहुत बड़ी चीज होती है तो दुर्वा लीजिएगा और, और शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ग्रे कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ अंतिम राशि पर चलते हैं लेकिन फटाफट आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए भाग्यशाली विजेता यदि आप होना चाहते हैं तो इसको लाइक करना पड़ेगा और अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको कमेंट करिए निश्चित मानिए कि आपका नंबर भी अगले दिन आ सकता है मेन राशि के जातकों आज भूले बिसे आपको मिल सकते हैं प्रातः काल से लंबी दूरी की यात्राओं का योग बनता है आज आज सम्मान चलेगा। के मार्ग सुगम होंगे घर बाहर प्रसन्नता आज आपकी बनी रहेगी उपाय क्या करना रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा कि आप लोग गणपति का पाठ करिए ब्लैक कलर को व्हाइट करिएगा आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा व्हाइट शुभ अंग आपके लिए रहेगा तीन तो दर्शकों कैसा लगा हमारा ये राशिफल कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब बगल में बनी जो तो घंटी है उसको दबाइए हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए मिलते हैं आप अपने नए वीडियो में दीजिए इजाजत तब तक के लिए नमस्कार